साथियों नमस्कार आज हमारी चर्चा का विषय है क्योंकि तमाम दर्शकों ने ये डिमांड की थी कि पंडित जी ये घोड़ों का क्या रहस्य है वास्तुशास्त्र में और कितने घोड़ों की फ़ोटो लगानी चाहिए किस दिशा में लगानी चाहिए इनसे होता क्या है तो दर्शकों इन सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे कि वास्तु के अनुसार आप कितने घोड़ों की फ़ोटो लगाएँ किस कलर की लगाएँ किस दिशा में लगाएँ कि आपको एनर्जी मिले और आपके लाइफ में ग्रोथ हो देखिए अश्व घोड़ा भी इनको कहते हैं तुरंग भी इन्हीं को बोला जाता है तो घोड़ों का संबंध अभी जो है वर्तमान के परिपेक्ष को ये छोड़ दिया जाए तो अनादिकाल से चला आ रहा है और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है हमारे सूर्यदेव जो हैं इनके भी जो है रथ में सात प्रकार के जो है घोड़े लगे हुए हैं और जो है उसमें आप आपादित हृदय श्रोत पढ़ेंगे तो उसमें देखिए लिखा भी है कि सूर्यदेव घोड़े पर जो है मतलब सात रथों पर ये बैठे रहते हैं सात एक रथ में सात घोड़े होते हैं जिसपे सूर्यदेव विराजमान रहते हैं महाभारत में भी श्री कृष्ण जी सारथी बने थे और देखिए उसमें भी जो है घोड़े का बड़ा प्रयोग हुआ था तो हर एक चीज़ का दर्शकों देखिए बड़ा महत्व हो होता है आधुनिक परिपेक्ष्य की यदि हम बात करें यदि हम शक्ति की इकाई को नापते हैं तो देखिए शक्ति में ही नापते हैं और चलिए एक छोटा सा किस्सा सुना देते हैं आपने भगवान राम का नाम सभी लोगों ने सुना होगा उनके पिताजी का क्या नाम था पता आप लोगों को दशरथ जी हाँ दशरथ नाम था उनका नाम दशरथ के ऊपर आपको पता है कभी इस पर गौर करिए देखिए हर एक वर्ड में आपको जो है शोध करने को मिलेगा क्योंकि उनका जो रथ था वो दसों दिशाओं में संचरण कर सकता था दिशाएं दस होती हैं आकाश और पाताल इसको भी दिशाओं में हम लोगों के शास्त्रों में गिना गया है तो दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सबसे जरूरी होता है आप लोगों का इंसान का व्यक्ति का ऊर्जावान होना और स्वस्थ होना यदि आप ऊर्जा से भरपूर हैं और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता प्रबल है तो सफलता आपकी कदम चूमेगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है और घोड़ों की तस्वीर से रिलेटेड उपाय के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमकाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे और वास्तु के अनुसार यदि आपने अपने घर या दफ्तर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा दी तो ये आपके कार्य में गति प्रदान करेगा दौड़ते हुए घोड़ों जो दौड़ते हुए घोड़े हैं ये सफलता की प्रगति की और ताकत की प्रतीक होते हैं हमने कहा नहीं कि अश्व शक्ति में ही जो है नापा जाता है शक्ति की इकाई को और खास कर देखिए दर्शकों सात दौड़ते हुए घोड़े जो होते हैं ये व्यवसाय की प्रगति का सूचक माने जाते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सात नंबर जो होता है ये सार्वभौमिक है यूनिवर्सल ट्रुथ है इंद्रधनुष में कितने रंग है सात ग्रहों की संख्या कितनी है सात राहु केतु सिर्फ छाया ग्रह हैं और देखिए सात फेरे होते हैं शादी में सप्त तो ऋषि होते हैं सात जन्मों का आपने सुना होगा तो इसीलिए जो सात नंबर है ये प्राकृतिक है और सर्वभाव सार्वभौमिक है इसलिए सात घोड़ों की तस्वीर को सर्वोत्तम माना गया है तो दर्शकों यदि आप व्यापार में प्रगति करना चाहते हैं तो अपने ऑफिस की केबिन में सात दौड़ते हुए घोड़ों की आपको तस्वीर लगानी रहेगी और इन तस्वीर को लगाते हुए इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो घोड़े हैं इनका मुँह ऑफिस की आपके अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए और दक्षिण दीवाल पर इस आपको चित्र को टांगना रहेगा जो दौड़ते हुए घोड़े होते हैं ये प्रगति का प्रतीक माने जाते हैं और आपके व्यापार में भी प्रगति होगी प्रणाली पर कहीं ना कहीं पड़ता है अतः ये घोड़े जो रहेंगे आपके कार्य में गति प्रदान करके सफलता दिलाने में बहुत हद तक मददगार साबित होंगे सात घोड़ों की तस्वीर दर्शकों एक चीज और बता दें इधर उधर घोड़े नहीं भागने चाहिए जैसे सात घोड़े हैं वो एक दिशा में हो प्रसन्नचित मुद्रा में हो मतलब ये नहीं कि उनको कोई कोड़े से मार रहा हो या वो बड़े दुखी मुद्रा में इस प्रकार की तस्वीर नहीं लगानी है तो उनकी दौड़ती हुई फोटो आपको लगानी है प्रसन्न मुद्रा में लगानी है और एक दिशा की ओर सारे घोड़े चल रहे हों वो लगानी हो आधा इधर भागेंगे आधा उधर भागेंगे बाकी अंग्रेजों के पीछे जाएंगे तो आपके व्यापार में देखिए प्रगति नहीं मिलेगी तो दर्शकों इसका आप लोग ध्यान रखिएगा अब बताते हैं कि घर में देखिए धन संबंधी यदि आपके उतार चढ़ाव आ रहा है तो ये घोड़े की तस्वीर आपके घर में कैसे मददगार साबित हो सकती है तो सात घोड़ों की जो तस्वीर रहेगी इसको यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो स्थाई रूप से लक्ष्मी का निवास होगा इसको लगाने की जो दिशा रहेगी ये घर के मुख्य हाल के पूर्वी या दक्षिणी दीवाल पर आप इसको टाँग सकते हैं और ये भी घर के अंदर आते हुए मुख वाले घोड़े की तस्वीर लगाइएगा बाहर की ओर मत लगाइएगा तो ये एक बात और बता दें तस्वीर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा फिर कह रहे हैं कि घोड़ा प्रसन्नचित्र मुद्रा में हो ना कि आक्रोशित हो और एक चीज़ और बता दें सफ़ेद घोड़े यदि होते हैं घर के अंदर लगाने के लिए तो वो बहुत अच्छे आपके लिए रहेंगे ऑफिस में आप ब्लैक कलर के भी घोड़े की लगा सकते हैं लेकिन घर के अंदर सफ़ेद घोड़ों की आप फोटो लगा सकते हैं और सात घोड़े की ही लगाइएगा अच्छा यदि आप कर्जे से देखिए परेशान है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है तमाम लोग पूछते हैं पंडित जी कर्ज है वास्तु से रिलेटेड उनको बता रहे हैं तो आप अपने घर या दफ्तर के उत्तर पश्चिमी दिशा में आर्टिफिशियल घोड़े का जोड़ा रख सकते हैं जी हाँ घोड़े का जोड़ा आप रख सकते हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं किसी गिफ्ट की दुकान से ले सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखिएगा ये घोड़े टूटे फूटे ना हो या टूटी फूटी तस्वीर आप अपने घर में मत लगाइएगा धुंधली हो जाए इसको साफ़ कर दीजिएगा धुंधली तस्वीर भी मत लगाइएगा अलग अलग दिशा में दौड़ते हुए मत लगाइएगा ये, ये आप लोगों से बार बार हमारी निवेदन है अन्यथा ये फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे तो ये चीज़ आप करिएगा आपको इसमें जो है बहुत लाभ मिलेगा उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये जो है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आज आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि घोड़े की फ़ोटो कैसे लगानी चाहिए किधर लगानी चाहिए कहाँ लगानी चाहिए अपने सुझाव जरूर हम तक साझा करिएगा कमेंट के माध्यम से और यदि अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए और फेसबुक पेज पर देख लें तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार